चेहरा है या चांद है जुल्भ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता के नाम है क्या चेहरा